ऑफलाइन मोड में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट किया था आपके नोटबुक में होगा जिन लोगों ने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया था इसे डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ना टू कंडक्टिंग एस्फेयर्स और इनिशियली इस तरह के कंडीशन में अवेलेबल है सिल्क क्लॉथ से आपने चार्ज कर रखा है अगर क्वेश्चन अभी तक कॉपी किया हो तो सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब किया हम लोगों ने तो ग्लास रॉड के पास चार्ज एक्वायर्ड होता है और उस चार्ज को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दे रखा है पॉजिटिव चार्ज और ये टू कंडक्टिंग स्पेरिकल बॉल्स हो सकते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा गया स्टेप वाइज आपको आंसर करना है थ्री स्टेप्स में फर्स्ट द स्पेयर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड तो आपको बताना होगा कि कैसा इम्पैक्ट होगा नेक्स्ट लास्ट रॉड इज सब्सिक्वेंटली रिमूव्ड स्लोली आप गास्ट रॉड को रिमूव करने जा रहे हैं और फाइनली स्पेयर्स आर सेपरेटेड अपार्ट मीन्स लार्ज डिस्टेंस पे स्पेयर्स को सेपरेट कर दिया आपने तो ये क्वेश्चन होगा सभी के पास जिन लोगों के पास नहीं है वो लास्ट में आप देख लेना रिकॉर्डिंग से कॉपी कर लेना क्वेश्चन सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं फर्स्ट स्टेप स्लाइटली सेपरेट करने से जो इंपैक्ट होगा उसके बारे में सोचते हैं पहले फिगर से दिखाया जा रहा आपको स्पेयर वन स्पेयर टू इंसुलेटिंग स्टैंड जेंस ऑफ रॉड इस तरह के चार्ज को हम लोगों ने बाउंड चार्ज का नाम दे रखा है बाउंड चार्ज कर लाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहा होगा जब आप इसे रिमूव करेंगे तो उसका इंपैक्ट फिर कुछ और होता है इसे कॉपी किया जा सकता है ये द फर्स्ट स्टेप यहां पर चाहो तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में कुछ लिख भी सकते द टू स्पेयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज्ड द टू स्पेयर्स आर फाउंड टू बी ये फर्स्ट स्टेप फिगर और ये स्टेटमेंट फिर सेकेंड स्टेप की बात करेंगे well, State, से पहले कुछ इमेजिन करना अगर रॉड को आपने रिमूव कर दिया सब्सिक्वेंटली रिमूव मीन स्लोली लेकर रिमूव कर देते फाइनली तो आसपास केवल टू स्पेयर अवेलेबल है और दोनों का दोनों चार्ज कंडीशन में होगा निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रेक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देता टू निगेटिवली चार्ज स्पेयर एंड पॉजिटिवली चार्जेयर कॉपी कर सकते आप इसे दोनों में डिफ्रेंस फील करना यहां पर रॉड के प्रजेंस में बाउंड चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन रॉड के रिमूव होने से यह दोनों बाउंड चार्ज है एक दूसरे के प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर रहा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन स्टेटमेंट द चार्जेज ऑन दर्स the charges on these spheres the charges on the spheres rearrange themselves rearrange themselves as shown in figure पर इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेप द स्पेयर्स आर सेपरेटेड फाइनली इन दोनों स्पेयर्स को भी लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया जाता है तो थर्ड स्टेप आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे किसी के पास कोई आंसर है कि थर्ड स्टेप में क्या होने को है कई हो जाएगा अगर आप लाज डिस्टेंस पे दोनों को प्लेस करेंगे तो दोनों एक दूसरे से फ्री हो जाता है और फ्री चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है मैंने क्लास में फ्री चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्पेरिकल सरफ़ेस है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिग्मा के बारे में बताया लास्ट क्लास फ्री चार्ज केस में सिगमा इज इनवर्सलीपोर्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दर्फेसर कॉपी कर सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पे जो मैक्सिमम से प्रेस हो सकता पॉसिबल हम वो दिखा रहा है, लेकिन हमें इसे कंसिडर करना लास्ट डिस्टेंस एक दूसरे से ये फ्री है कहीं कोई इन्फ्लुएंस नहीं एस्पेरिकल सरफेस फ्री चार्ज फ्री चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा नेगेटिवली चार्ज फेयर यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर पॉजिटिवली चार्ज फेयर हम इसे ऐसे दिखा रहे हैं लार्ज डिस्टेंस थर्ड स्टेप स्टेटमेंट फॉर्म में नोट किया जा सकता है द चार्जेज ऑन दी अफेयर the charges on the spheres get uniformly distributed get uniformly distributed over them as shown in figure Done, sir. तो ये था कॉम्प्लीट सल्यूशन क्वेश्चन के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन फिगर एंड थ्री डिफरेंट पार्ट्स क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं आप अ पॉइंट चार्ज क्यू इज इन अ पॉइंट चार्ज इज इन इक्लिबरियम बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस बिटवीन टू फिक्सड पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस फोर क्यू फिगर दिखाया जा सकता है प्लस फोर क्यू प्लस क्यू क्यू चार्ज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस फिगर कॉपी करेंगे आप ऑप्शंस है और करेक्ट ऑप्शन चूज करने को बोला जाएगा यहां पे चूज दी करेक्ट ऑप्शंस चूज दी करेक्ट ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन ए the charge q will be in a stable equilibrium along the x axis फोर ऑप्शंस है लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ पूछ लेना चाहते हैं क्वेश्चन में बोला गया ये दोनों फिक्स चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लस फोर क्यू और ये इन इक्विब्रियम इन एक्बरियम तो आपको नेचर ऑफ इक्ब्रियम सजेस्ट करना लास्ट ईयर पढ़ा है आपने बहुत डिटेल में इनर्जी चैप्टर में स्टेबल इक्ब्रियम अनस्टेबल इक्ब्रियम न्यूट्रल इक्विब्रियम इन दोनों के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं चार्ज क्यू में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ये चार्ज क्यू तो नेचर ऑफ इक्लिवरियम बेस्ट क्वेश्चन है आप इस पे सोचेंगे फोर ऑप्शंस तब तक नोट डाउन करना द चार्ज क्यू विल बी इन स्टेबल इक्विब्रियम अलॉन्ग दू इज पॉजिटिव सेकेंड ऑप्शन the charge q will be in unstable equilibrium unstable equilibrium along the x axis if charge q is negative next option c the charge q will be in unstable equilibrium Along the x-axis, if q is positive, and last option, the charge q. will be in a stable equilibrium if charge q is negative stable fast and last third unstable ke liye option hai red is stable ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट ए बी सी डी इस तरह से लिख लेना चाहिए हम लोगों को नेक्स्ट प्लस फिक्स चार्ज प्लस क्यू चार्ज फिक्स चार्ज इन बिटवीन क्यू चार्ज इन इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम तो हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्कशन कर रहे हैं एक्स एक्सिस अभी इक्वरियम में है नेट फोर्स मस्ट बी जीरो तो आप डिस्कशन कर लो टू केसेस ले लेते हम लोग वेन q इज पॉजिटिव ये ले लिया मैंने वेन q इज पॉजिटिव ये केस, q इज पॉजिटिव q के पॉजिटिव होने से इन दोनों का कॉम्बिनेशन लाइक चार्जेस कॉम्बिनेशन फोर्स रिपल्सिव फोर्स इन दोनों के बीच लाइक चार्जिस कॉम्बिनेशन रिपल्सिव फोर्स सिस्टम इजिन इक्वरियम इन इक्लेबेम अभी इस केस में अगर यहाँ पर देखते तो सिस्टम इजिन इक्वेम प्रॉब्लम है कि आपको इक्लेबरियम का नेचर सजेस्ट करना तो आप इसे शिफ्ट करते हैं इसके न्यू पोजीशन के बारे में सोचते हैं क्यों को आप लॉन्ग एक्स एक्सिस किसी भी एक डायरेक्शन में टू राइट right या लेफ्ट आप शिफ्ट कर सकते हैं टू राइट right मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो इन न्यू पोजिशन आप लोगों को सजेस्ट करना है इन न्यू पोजिशन क्यू चार्ज पे जो फोर्स एड करेगा नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट तो टुवर्ड्स लेफ्ट इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है सेपरेशन के डिक्रीज होने से फोर्स मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज कुल्पस लॉ पड़ा है आप लोगों ने Inversely proportional to distance square between two point charges. थ देखना मैंने फर्स्ट केस में दोनों एरो सेम रखा हुआ लेकिन अभी इस पर फोर्स डेवलप होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाना होता है Plus q q combination, plus q q combination distance increase होने से force magnitude will decrease. तो थोड़ा decrease कर लेते हैं effectively net force in displaced position towards left correct answer आंसर था आप लोगों का तो इन डिसप्लेस्ड पोजिशन नेट फोर्स एक्टिंग इज टू वर्ड्स लेफ्ट मीन्स टू वार्ड्स इक्वेरियम पोजिशन तो इक्लेबरियम का कॉन्सेप्ट है आपके पास जब आप इक्लेबरियम को डिस्टर्ब करते डिस्प्लेस्ड पोजिशन में अनबैलेंस्ड फोर्स टू वार्ड्स इक्बरियम पोजिशन एक्ट करें तो ऑरिजिनल इक्बरियम स्टेबल इक्वरियम कहलाता स्टेबल इक्म Q पॉजिटिव अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्टेबल इक्विबियम कोई ऑप्शन Q पॉजिटिव स्टेबल इक्विब्रियम करेक्ट ऑप्शन निगेटिव होने पर क्या होगा वो भी वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव तो देख लिया इस तरह से अगर पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू पॉजिटिव तो ऑप्शन सी को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं क्यू पॉजिटिव होने पे अनस्टेबल इक्विड्रियम नहीं होना ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट ये करेक्ट ऑप्शन सी इनकरेक्ट एक और फिगर अगर ड्रा कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता आपका थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है ये सही से अगर क्लियर हो जाए तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चार्ज क्यू इनिशियली लेकिन अभी हम चार्ज क्यू नेगेटिव लेकर चलते हैं नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एड कर रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ध्यान रखना अब ये रहा इसका फोर्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अगर इसे आप वन और टू का नाम दे देते तो इसको हम F और वन टू थ्री तो यह था एफ थ्री वन ये था एफ थ्री टू देखना अच्छे से फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन टू वर्ड्स राइट फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू टू वर्ड्स लेफ्ट वन टू थ्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनलाइक चार्जेस कॉम्बिनेशन तो फोर्स ऑन वन या फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन एंड फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू दोनों का एरो लेंथ इक्वल होगा क्योंकि सिस्टम इज जी न्यूक्वरियम इसको आप फिर से किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट करिए टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट राइट शिफ्ट कर दिया न्यू पोजिशन चार्ज क्यू अब आप सोचिए इन दोनों में से मैकनी अभी अगर देखना हो तो न्यू पोजिशन पे force of interaction between 3 and 2 will increase bas itna sochna hai force of interaction between 3 and 2 will increase magnitude wise distance ke decrease hone se increase hota f32 magnitude will increase f32 magnitude f31 increase in distance force will decrease net force towards right in displaced position net force is away from the equilibrium position away from the equilibrium position therefore original equilibrium is unstable unstable when charge q is negative q negative stable nahi ho sakta d option incorrect q negative अनस्टेबल अब इसमें से जो आप कॉपी कर सकते कर लीजिए ले समझ लेना जरूरी है एक स्टेबल को रिप्रेजेंट करता है दूसरा अनस्टेबल को कॉपी वाइट डायरेक्शन में हम डिस्कशन कर लेते हैं ऑप्शंस नहीं दिया जा रहा है यहां पर आपको चार्ज की निकलिब्रियम लेकिन अगर किसी ने इसको व्हाइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इक्बरियम का नेचर कैसा होगा ये डिस्कस करना मुझे प्लस फोर क्यू प्लस क्यू चार्ज सिस्टम जिन इक्लिब्रियम इनिशियली इनिशियल के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इनक्लिब्रियम अलोंग वाई डायरेक्शन शिफ्ट कर दो इसे कहीं भी जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया अब आप अनबैलेंस फोर्स के बारे में सोचेंगे अनबैलेंस फोर्स अगर वाई डायरेक्शन में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा तो फिर वाई डायरेक्शन में शिफ्ट करना होता चलो इसे डिस्कस करेंगे हम लोग इससे पहले एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेना बेटर है ऐसा ही चार्ज प्लस क्यू प्लस फोर क्यू बेस्ट चार्ज तो ज्यादा क्लियर होगा आपका कॉपी करेंगे आप क्वेश्चन टू फ्री चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस फोर क्यू प्लस क्यू एंड प्लस फोर क्यू आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन एल at a separation l find the magnitude find the magnitude sign and the location of the third charge that makes the system to stay in equilibrium ये आपके बोर्ड एग्जाम स्कूल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस टाइप का क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाता है अगर कोई स्कूल का यूनिट टेस्ट होने को है हाफ एयरली फाइनल एग्जाम तो काफी फ्रिक्वेंटली एक्सपेक्ट किया जाता है इसे यहाँ पर ये दोनों फ्री चार्जेस होंगे प्लस क्यू एंड प्लस फोर क्यू एल आपसे एक थर्ड चार्ज को प्लेस करने को बोला जा रहा है आपका चॉइस है आप कहाँ पे प्लेस करेंगे उसे लेकिन फाइनली सिस्टम इन इक्विलिब्रियम लास्ट क्वेश्चन में कंप्लीट सिस्टम के बारे में डिस्कशन नहीं करना था चार्ज क्यू स्मॉल क्यू इन इक्विलिब्रियम ओनली बाकी के चार्जेस फिक्स्ड कंडीशन में थे थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम इस सिस्टम का जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज थर्ड चार्ज सभी के सभी इक्म में होंगे मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज मस्ट बी जीरो प्लस क्यू एंड प्लस फोर क्यू चार्ज के लोकेशन के बारे में आप सोच सकते हैं प्लस q चार्ज प्लस फोर क्यू चार्ज फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज और थर्ड चार्ज को प्लेस करना है मुझे कुछ इस तरह से कि सिस्टम मस्ट बीन इक्म थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ता है सही तरीके से जैसे कि अभी इन एबसेंस ऑफ थर्ड चार्ज किसी पे इस पे आप सोचिए इन एबसेंस ऑफ थर्ड चार्ज इस पर जो फोर्स ऐड कर रहा है वो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट वन और टू के इंटरेक्शन से फोर्स डेवलप हो रहा है अब थर्ड चार्ज को लाने के बाद इसे इक्लिबरियम में देखना चाहते तो थर्ड चार्ज को इस फोर्स को बैलेंस करना होगा इसे बैलेंस करना होगा थर्ड चार्ज को ऐसा ही कुछ आप सोचिए सेकेंड से अगर सेकेंड से मैंने स्टार्ट किया होता तो फोर्स ऑफ रिपल्सन सेकेंड चार्ज पे टुवर्ड्स राइट इन एबसेंस ऑफ थर्ड चार्ज टुवर्ड्स राइट, इन एबसेंस ऑफ थर्ड चार्ज थर्ड चार्ज को लाने के बाद आप चाहते कि ये इक्लिबरियम में चला जाए तो इस फोर्स को उसे बैलेंस करना होगा दोनों पे एक साथ फोर्स को बैलेंस करना तो कुछ तो आइडिया डेवलप होना जरूरी पता चला आपको कि कैसा नेचर होगा चार्ज का नेचर कोई बता सकता मुझे चार्ज क्यू जो थर्ड चार्ज हम लेकर आने जा रहे हैं वो थर्ड चार्ज का नेचर होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। अगर इसके बीच में इनबिटवीन कहीं पर हम नेगेटिव चार्ज सुटेबली प्लेस करें तो इस फोर्स को वो बैलेंस कर सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करके यहाँ भी फोर्स को बैलेंस करना और जो फोर्स एग्जिस्टिंग फोर्स है टूवर्स राइट उसे बैलेंस करना है तो टूवर्ड्स लेफ्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इतने डिस्कशन से आपको समझ में आया कि चार्ज क्यू वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ होना जरूरी कॉपी करिए थर्ड चार्ज को प्लेस कर लेते हैं हम लोग एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम फर्स्ट चार्ज यहाँ पे हो सकता है चार्ज क्यू थर्ट चार्ज At a distance x, l minus x, because total distance l is between two charges. थर्ड चार्ज को इक्वेबरियम में देखना चाहते हैं हम थर्ड चार्ज मस्ट बी इन इक्वेबरियम तो इसके लिए फोर्स ऑन थ्री मस्ट बी जीरो नेट फोर्स ऑन थ्री मस्ट बी जीरो वेक्टर फॉर्म लेते हम zero. ये समझ लेना जरूरी Net force acting on third charge must be zero. अभी केवल इसके ियम के बारे में सोचो फिर आप फर्स्ट और सेकेंड पे भी डिस्कस करेंगे अन हमारे लिए ये x अनोन है डिस्टेंस x अनोन चार्ज q का मैग्नीट्यूड अनोन साइन भी आपने पता कर लिया कि नेगेटिव होना चाहिए लेकिन उसे भी हम दिखा सकते हैं एक्सप्रेशन के हेल्प से कि कैसे नेगेटिव मिलेगा नेगेटिव फोर्स मैग्नीट्यूड नेट चार्ज जीरो है, तब भी हम उसको ले रहे है। कौन सा चार्ज जीरो है नेट चार्ज जीरो नेट फोर्स नेट फोर्स अगर जीरो ए प्लस b अगर जीरो है तो आप a को इक्वल टू नेगेटिव b लिखेंगे ना इसे राइट right साइड ले जाया गया uh, okay, तो एफ थ्री वन इक्वल टू निगेटिव एफ थ्री टू फॉर्म में मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन मैग्नीटूड फोर्स ऑन थ्री डू टू टू लिखा जा सकता ये ओनली मैग्नीट्यूड अभी आप नोट मत करिएगा थोड़ा क्रूसियल स्टेप है समझ लेना F, अब इसका मैं एक्सप्रेशन लिखना तो पढ़ा है आप लोगों ने वन बाई फोर पाई सेवन जीरो थ्री वन कॉम्बिनेशन थ्री वन कॉम्बिनेशन और मुझे चाहिए ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट तो मैग्नीट्यूड ऑफ q मैग्नीटूड ऑफ q डिडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर ये हो गया F31 मैग्नीट्यूड इक्वल टू F32 मैग्नीट्यूड 32 कॉम्बिनेशन एंड मैग्नीट्यूड ओनली 1 बाई फोर पाइप सेवन जीरो थर्ड चार्ज मैग्नीट्यूड सेकेंड चार्ज मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर L माइनस एक्स होल स्क्वायर कैंसल आउट वन बाई फोर पाइप जीरो सब भी कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है फोर एल माइनस एक्स होल स्क्वायर एल माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ऐसा दिखेगा आपको प्लस माइनस टू वेन एल माइनस एक्स बाई एक्स इज प्लस टू टू एक्स एक्स इज एल बाई थ्री एल बाई थ्री दूसरा सोल्यूशन भी आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते एल माइनस एक्स x is इज नेगेटिव टू एल माइनस एक्स इज माइनस टू एक्सोर माइनस एक्स इक्वल टू एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एल इसे आप एक्सपेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है एक्स वो पॉजिटिव आना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को प्लेस करना था चार्ज को इन बिटवीन टू चार्जेस इन बिटवीन टू चार्जेस यहाँ पर एक्स हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता निगेटिव होने का मतलब है आप इसे लेफ्ट साइड प्लेस करेंगे लेफ्ट साइड प्लेस करने पर जो हम लोगों ने इनिशियली डिस्कस किया था इक्लिबिनियम ऑफ वन इक्लिबिनियम ऑफ टू वो वायल होगा कंफर्म एक्स इज पॉजिटिव नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव पहले यहां तक कॉपी करिए एक पार्ट फिनिश हुआ आपका फिगर के साथ मुझे लगता है ये कॉपी कर रखा है आप लोगों ने यस yes, विशाल आपको व्हाइट बोर्ड अपीयर हो रहा है यस सर सेकेंड हाफ के लिए आप है रिप्रेजेंटेटिव कॉपी करिए सर done sir एल वाई थ्री डिस्टेंस पे चार्ज क्यू को प्लेस करना होगा अभी क्यू का मैग्नीट्यूड और साइन भी चाहिए एक्सप्रेशन के हेल्प से तो कुछ और भी पार्ट एक ऑफ चार्ज क्यू डिस्कस कर लिया हम लोगों ने अब इन दोनों में से किसी एक को आप पिक करेंगे इक्बरियम ऑफ वन और टू बेस्ट कंडीशन अप्लाई करना लिखेंगे फॉर फॉर द इक्म ऑफ ट्रांसलेशनल ट्रांसलेसनल इक्विबरियमेंगे फॉर द इक्बरियम ऑफ चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस क्यूब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन वन मस्ट बी जीरो फिगर में वन होगा इस पर नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं आप तो एफ वन टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री जीरो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री अभी वेट कर लेना ये स्टेप समझना जरूरी वन ट फैक्टर फॉर्म में फोर्स लिखने जा रहे हूँ वन बाई फोर फाइव सेवन जीरो वन टू यन टू कॉम्बिनेशन Q Q अपने साइन के साथ आएगा Q एंड फोर Q कोई मॉडुलस नहीं बल्कि साइन के साथ प्लेस किया मैंने डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस इज L L स्क्वायर और मुझे बता दो यूनिट फैक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फोर्स वन टू इंटरक्शन से जो फोर्स डेवलप होगा उसके लिए अगर ये एक्स एक्सेस है तो वन टू इंटरक्शन से फोर्स डेवलप हो रहा टू लेफ्ट और यूनिट फैक्टर टूवर्ड्स लेफ्ट होगा माइनस आई कैप तो यहाँ पे लिखा माइनस कैप आ जाना चाहिए समझ में योस एक्सप्रेशन लिखना है आप आई कैप प्लस फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री वन क्यू थ्री स्मॉल क्यू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्स स्क्वायर और यूनिट वेक्टर इसके लिए कोई यूनिट वेक्टर इन दोनों के बीच अभी हम Q चार्ज लिख रहे हैं ध्यान देना यहां पर जो मैंने Q लिखा हुआ है सिंपल Q तो हम इसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं इसके साइन के बारे में सोचना अभी मैंने केवल Q नहीं पता कि ये कैसा पॉजिटिव है या निगेटिव है ऐसा सोचकर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं Q कंसिडर किया आपने दोनों लाइक like चार्जेज जैसा बिहेव करता टू वर्ड्स लेफ्ट फोर्स टू वर्ड्स लेफ्ट अगेन माइनस आई कैप जीरो कॉपी करिए यहाँ तो डे देखने में एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड अपीयर हो रहा, लेकिन काफी कुछ कैंसल आउट होने को है फिर से फोर बाई एल स्क्वायर फोर क्यू बाई एल स्क्वायर और यहां दिखेगा क्यू बाई एक्स स्क्वायर क्यू बाई एक्स स्क्वायर फोर क्यू बाई एल स्क्वायर क्यू बाई एक्स स्क्वायर जीरो चार्ज Q इज निगेटिव x बाई l होल स्क्वायर टाइम्स फोर क्यू यहां से देखना Q का वैल्यू मिलेगा आपको इक्वल टू जीरो पुट करने से इसे इक्वल टू जीरो तो क्यू इक्वल टू आप चाहो तो एक स्टेप लिख सकते सेपरेटली दिखाना चाहते तो दिखाओ फोर क्यू बाई एल स्क्वायर क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज जीरोक्वायर फोर क्यू विथ नेगेटिव साइन एक्स का वैल्यू सर्च किया हम लोगों ने l बाई थ्री एल बाई थ्री और ये रहा l, x इज l बाई थ्री स्क्वायर फोर क्यू कैंसल आउट निगेटिव फोर क्यू बाई नाइन यह चार्ज क्यू का वैल्यू यहां पे चार्ज क्यू का साइन भी आपको नेगेटिव मिला डिस्कशन में चार्ज क्यू नेगेटिव, फोर क्यू बाई नाइन कॉपी Dance magnitude, sign, and location of third charge. तो आंसर कर सकते हैं आप फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज फोर क्यू बाई नाइन साइन नेगेटिव एंड लोकेशन थर्ड चार्ज का लोकेशन क्या लिख सकते हैं आप लिखिये द थर्ड चार्ज the third charge should be placed the third charge should be placed at a distance of l by 3 from the charge q on the line joining on the line joining the true charges dull sir वैसे यहां पर जैसा भी स्टेटमेंट दिया है उसमें से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आप चार्ज क्यू को L बाई थ्री डिस्टेंस पे किस साइड प्लेस करेंगे चार्ज क्यूब टू राइट और लेफ्ट तो आप इसके लिए बोल सकते इन बिटवीन टू चार्जेस अटैच कर दो ये पूरा आंसर ही गलाएगा थर्ड चार्ज Must be placed between the two charges Q and 4Q. उसके बाद आप सोच सकते हैं at a distance of l by 3 from these charges, at a distance of 2l by 3 from 4Q charges. एल बाई थ्री फ्रॉम क्यू टू एल बाई थ्री डिस्टेंस पे टू एल बाई थ्री फ्रॉम फोर क्यू ये एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए बाकी आंसर यहीं पर फिनिश करते हम लोग बहुत कुछ लिख दिया डन सर इस क्वेश्चन को अच्छे से आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से और उसपे बेस्ट एक क्वेश्चन दिया जा रहा है होमवर्क के लिए कॉपी करिए टू फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस फोर and plus a e are placed at a distance a apart small a apart where should a third point charge a third point charge q b be placed between them such that the entire system says that the entire system may be in equilibrium what should be the magnitude and sign of q what should be the magnitude and sign of charge q extra part what type of uh, equilibrium what type of uh, equilibrium ल इट बीजेक्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है फोर क्यू हमने आपको डिस्कस किया प्लस फोर क्यू और प्लस Q के साथ बस यहाँ पे प्लस फोर ई माइनस फोर ई प्लस फोर ई प्लस ई रिपीट e. है ये क्वेश्चन लेकिन इस फॉर्मेट में ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है स्कूल एग्जाम में इसलिए फिर से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिया जाता है प्लस फोर प्लस ई कॉम्बिनेशन थर्ड चार्ज को प्लेस करना सो दैट दिस्टम विली मैन ए निक्विबरियम मीन्स ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम विली मैन ए निक्विबरियम फाइनली एक बार हम आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन क्लियर करते क्या टू चार्जर जो कि है एग्जाम में आपको ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं करना अगर ऐसा क्वेश्चन अभी अब आता है तो आपको पता है क्या करना एक्सट्रीम इंड्स आप चार्जेस को प्लेस कर देते प्लस क्यू प्लस फोर क्यू अभी के होमवर्क में प्लस ई e, प्लस फोर ई सिस्टम को इक्लिब्रियम में रखना है थर्ड चार्ज को प्लेस करना होगा इन बिटवीन टू चार्जेस बस ये डिस्टेंस मिसिंग है अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं प्रैक्टिस है कि यह एल बाई थ्री डिस्टेंस वहां भी एल बाई डिस्टेंस आएगा और ये टू एल हम लोगों ने पहले इक्ब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के बारे में सोचा थर्ड चार्ज का इक्लिब्रियम डिस्कस करना है तो नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज मस्ट बी जीरो थर्ड चार्ज नेट फोर्स जीरो मैग्नीट्यूड वाले पार्ट पे ये मॉडलस लेना आप नहीं भूलेंगे कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा है होने से फर्क नहीं पड़ा ये कैंसल हो गया और आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता है डिस्टेंस एक्स इज एल बाई थ्री फाइनल एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है तो यहीं पे आपका क्वेश्चन फिनिश एल बाई थ्री एक्स्ट्रा पार्ट मैग्नीट्यूड एंड साइन के लिए कोई भी एक चार्ज तो बेटर है कि जो आपने अभी किया है वैसा ही काम करो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज फर्स्ट चार्ज पे जीरो वैक्टर फॉर्म में यहाँ पर आप कोशिश करिए कि वैक्टर फॉर्म में आप क्वेश्चन लिखे वैक्टॉप फॉर्म में आपके पास ये चार्ज अननोन होगा इसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर नहीं करने जा रहे हैं अननोन चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करने से फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन उसको देखते हुए मैंने ये यूनिट वेक्टर माइनस आई के आप सजेस्ट किया बाकी फिर इजी बात वेट ये आज का लेक्चर थोड़ा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड एपियर हो सकता है रीजन दो तरह का रीजन हो सकता है एक तो टॉपिक टॉपिक का कॉम्प्लेक्सिटी दूसरा कि आप ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपको आदत है रिसेंटली आपने अटेंड किया ऑफलाइन मोड में क्लास को लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक ऐसे ही कंटिन्यू करना होगा और कोई दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा इसलिए पॉजिटिव माइंड के साथ आपको क्लास ज्वाइन करना थोड़ा भी एक परसेंट भी दिमाग में नहीं रखना है कि ऑनलाइन लाइव क्लास में मुझे कम समझ में आएगा यह सोचकर क्लास ज्वाइन ही नहीं करना है हंड्रेड परसेंट समझ में आता है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट ईयर ट्वेल्थ बैच को पूरा का पूरा ऑनलाइन लाइव क्लास ही पढ़ना पड़ा आप लोग के साथ ऐसा नहीं होगा ये तो एक्सपेक्ट किया जा सकता तो अभी आज जो पढ़ाई किया उसका थोड़ा समरी और उस पर बेस्ट कुछ ईजी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो एग्जाम्पल्स के हेल्प से जैसे मैंने टू आइडेंटिकल चार्जेस लिए प्लस क्यू एंड प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू ये दोनों फिक्स चार्जेस हैं फिक्स ये दोनों फिक्स हैं इन दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज को प्लेस किया गया बिल्कुल मिड पॉइंट पे और यह रहा चार्ज क्यू तो कंफर्म ये इक्लेबरियम में होगा इतना इक्लेबरियम डिस्कस करने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि चार्ज क्यू इज इन इक्बरियम इस चार्ज के बारे में क्वेश्चन फॉर्मेट में इसका दो केसेस हम डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट जबकि ये पॉजिटिव चार्ज होगा केस सेकेंड जब ये नेगेटिव चार्ज होगा ये इक्लेबरियम में कन्फर्म एग्री करना चाहिए आप लोगों को कि इन इक्बरियम ऐसा तब जबकि डिस्टेंस को भी हम लोग सेम कर दें एल और इधर भी एल ले लेते हैं एल डिस्टेंस एल डिस्टेंस कॉपी कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को केस फर्स्ट चार्ज डू इज पॉजिटिव अगर चार्ज पॉजिटिव है तो मुझे पता करना है इसका इक्लेबिरियम का नेचर इन एक्स डायरेक्शन आपने देख लिया ऑलरेडी बता सकते हैं इन एक्स डायरेक्शन नेचर ऑफ इक्लेबरियम चार्ज क्यू पॉजिटिव हैिफ्ट कर दो इसे अब आप इस पर फोर्स के बारे में सोचिए इन डिस्प्लेस्ड पोजीशन अगर फोर्स के बारे में सोचेंगे इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स ऑफ रिपल्सन तो ये रहा फोर्स ऑफ रिपल्सन force force force of repulsion between two charges. Net Net towards towards left. Net force towards left. So, पे जब था, तो इस इक्म को आप बोलेंगे स्टेबल इक्विब्रियम इस पोजिशन पे अगर चार्ज क्यूब को प्लेस किया होता है जैसा की question में दिख रहा है तो stable equilibrium. इसी फिगर को यूज कर लेते हैं अगर चार्ज क्यू नेगेटिव रहा होता बट तो चार्ज क्यू इस नेगेटिव, बट चार्ज क्यू इज निगेटिव क्यू क्यू निगेटिव होने पे सोचना आप अच्छे से इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट पोजिशन अवे फ्रॉम पोजीशन, नेट फोर्स अवे फ्रॉम इक्म पोजीशन मीन्स अनस्टेबल इक्लेबरियम चार्ज क्यू नेगेटिव, चार्ज क्यू पॉजिटिव कॉपी कर सकते हैं आप इसे और ये सब प्लस क्यूँ, प्लस प्लास्क्यू प्लास्क्यू सर के सेकंड क्यू नेगेटिव ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्लस Q, प्लस Q करके आपका बोर्ड लेवल या नीट लेवल मीट होता है प्लस क्यू प्लस क्यू होने पे बिल्कुल मिड पॉइंट पे प्लेस करते हैं आप थोड़ा सा राइट right शिफ्ट करो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फोर्स डॉमिनेट कर रहा अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे अनबैलेंसड फोर्स और फिर नेचर ऑफ इक्लिवरियम लेकिन अगर इसको वाई डायरेक्शन में शिफ्ट किया होता मैंने q q और ये था चार दिन इक्लिबीडियम सपोज ये चार दिन इक्ल्यूबिडियम लेकिन अब आप इसे शिफ्ट करिए थोड़ा वाई डायरेक्शन में और दिखाने के लिए मैंने यहाँ से शिफ्ट कर दिया ये रहा प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू लिखने से अच्छा है क्यू और फिर हम उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइन सोचेंगे एंड सपोज पॉजिटिव और ये सब एल डिस्टेंस एल डिस्टेंस है वेट करना नोट मत करना ये समझ लेना जरूरी आपने इसे शिफ्ट किया क्यू पॉजिटिव अगर क्यू पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स इस पे जो एक्ट करेगा उसे हम दिखा रहे हैं ये रहा फोर्स ऑफ रिपल्सन इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लाइक चार्जेस फिर इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन फिर वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो आपको समझ आ जाएगा नेट फोर्स एक्टिंग इसे रिजॉल्व करेंगे आप हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसे रिजॉल्व किया हॉरिज़ॉन्टल, वर्टिकल फिर आप रिजॉल्व करिए इसे इधर आएगा हॉरिज़ॉन्टल और इधर कहीं वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स ऑफ रिपल्सन क्योंकि क्यू पॉजिटिव ले रखा है लाइक चार्जेस कॉम्बिनेशन रिपल्सिव फोर्स लाइक चार्जेस कॉम्बिनेशन रिपल्सिव फोर्स उट तो कुछ समझ आया आपको फोर्स कि प्लेस था. था तो नेट फोर्स जीरो एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट करके हम लोगों ने देख लिया स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन अभी जब आप वाई के लॉन्ग शिफ्ट करेंगे तो क्यू पॉजिटिव है क्यू पॉजिटिव होने पर फोर्स एक्ट कर रहा है अवे फ्रॉम इक्विब्रियम पोजिशन यह कल आएगा अनस्टेबल पोजिशन अनस्टेबल इक्विब्रियम लेकिन अलोंग y एक्सेस और ये होता है कोई सिस्टम या पार्टिकल x डायरेक्शन में हो सकता है कि स्टेबल में हो और y डायरेक्शन में अनस्टेबल भी हो सकता है ये y के लॉन्ग अनस्टेबल इक्विब्रियम जबकि हम लोगों ने x के लॉन्ग डिस्कस किया था स्टेबल इक्विब्रियम कॉपी करिए इन चीज़ों को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन आप इसे छोड़ भी नहीं सकते कॉपी डर एल डिस्टेंस एल डिस्टेंस Y के अलॉन्ग शिफ्ट करो शिफ्ट करने के बाद ही पता चलेगा नेचर ऑफ इक्लिब्रियम अनलाइ चार्जेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डिसप्लेस पोजिशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डिसप्लेस पोजिशन इन दोनों का वैक्टर सम वैक्टर बोला था इतना दिन आपको टाइम भी मिला अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वैक्टर एडिशन कॉम्पोनेंट्स रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स इस पर अच्छा पकड़ होना जरूरी है क्लास ट्वेल्थ के लिए इन दोनों को ऐड आप कर सकते थे लेकिन यहाँ पर अगर हम रिजॉल्व करने के बारे में सोचे इसे रिजॉल्व किया टू पार्ट्स में हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, रिजॉल्व इसे भी करते हैं हॉरीजेंटल एंड वर्टिकल रिजॉल्व कर दिया आपने लकली इस केस में ये दोनों कंपोनेंट कैंसल आउट एक दूसरे को बैलेंस करेगा टू न्यूटन यह भी टू न्यूटन ये अगर है वन वन तो नेट अनबैलेंस फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ये रहा एफ नेट सोचिए जरा आप अच्छे से आपने इस चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस किया एलॉन्ग वाई एक्सिस पहले वो यहाँ पे था इन इक्लिब्रियम लेकिन जब वाई के अलॉन्ग शिफ्ट कर दिया किसी डिस्टेंस से वाई डिस्टेंस से तो नेगेटिव होने के कारण इस पर फोर्स एड कर रहा है ऐसा कुछ पुलिंग फोर्स वापस लाया जाएगा इस चार्ज को अगर आप यहाँ पर ला छोड़ भी देते तो ये वापस रिटर्न आएगा क्योंकि अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स इक्ब्रियम पोजिशन तो बता सकते हैं किस तरह का नेचर है इक्ब्रियम नेचर स्टेबल, स्टेबल, और इतना समझ में आ गया तो काफी टाइम से हम स्टेबल अनस्टेबल एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कंप्लीट हो जाएगा कॉपी कर लीजिए इसे वाई डायरेक्शन डन सर कितना समझ आया आपको उसके लिए एक चेक पॉइंट मेरे पास टू इलेक्ट्रॉन्स है माइनस e माइनस ई टू इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे एक प्रोटॉन है डिस्टेंस ए और डिस्टेंस ए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बता दो मुझे प्लस ई इसके बारे में पूछा जा रहा है प्रोटोन के बारे में ये तो टू इलेक्ट्रॉन्स है फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों फिक्स्ड है और ये प्रोटॉन है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्रोटॉन इज जीरो पेन पेपर यूज नहीं करना मेंटल कैलकुलेशन से बताना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेचर का नेचर ऑफ इक्लिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल आप मेंटली जो करना है करो और क्या किया जा सकता है इतना डिस्कशन के बाद स्टेबल सर स्टेबल होगा स्टेबल और किसी को आंसर करना स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्लेब्रियम केवल इसके नेचर को देखकर आंसर मत किया करिएगा एक बार शिफ्ट करके देखो शिफ्ट करो फिर पता करो कि ये जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टू तो वार्डस एक्वरियम पोजिशन या अवे फ्रॉम एक्वरियम पोजिशन हम यहाँ पे लिख कर ज़्यादा नहीं दिखाएंगे बस ऑब्जर्व करना है अभी नेट फोर्स ज़ीरो था मैंने यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट कर दिया राइट साइड तो प्लस ई और माइनस ई इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वैल्यू पहले जैसा भी था उसे इंक्रीज करेगा क्योंकि डिस्टेंस क्लोज हो चुका इंक्रीज कर रहा और इसका वैल्यू डिक्रीज होगा इन दोनों के बीच तो ये इसे पुल कर लेगा अगर आप इसको राइट साइड वन मिलीमीटर से भी शिफ्ट करेंगे तो वो फर्दर शिफ्ट हो जाएगा टू राइट अवे फ्राम इक्लेब्रियम पोजिशन इसको वेरीफाई किया जा सकता है यहाँ से शिफ्ट तो करो थोड़ा यहाँ पे प्लस सी और माइनस सी के बीच पहले अगर फाइव न्यूटन था अभी जस्ट इमेजिन करिए अभी अगर इन दोनों के बीच फाइव न्यूटन फोर्स है और मैंने टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया तो फोर्स का मैग्नेट न्यूटन या ग्रेटर क्या चूज करेंगे आप और इन दोनों के बीच फाइव था पहले अब हो जाएगा लेस देन फाइव ऐसे सोचो अभी फाइव न्यूटन यहाँ भी फाइव न्यूटन फाइव न्यूटन टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करेंगे ये सिक्स न्यूटन हो जाएगा और ये हो जाएगा सपोज फोर न्यूटन नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स राइट होना कंफर्म करता है अवे फ्रॉम इक्ब्रियम अनस्टेबल तो इसका मतलब है नेक्स्ट डायरेक्शन अनस्टेबल इक्लेबरियम है ये चलो इतना सोच लिया आप आप ये ये ये ये तो तो तो तो करेक्ट करिए लोग वाई वाई डायरेक्शन डायरेक्शन में में अगर शिफ्ट शिफ्ट करें तो, इसको ऊपर ले जाते हैं तो कम से और इजी तो है है करोगे आपको क्या लगता वापस लौटेगा ियम चला जाएगा डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स स्टेबलियम तो इस तरह से सोचना आप, आपको पड़ेगा ऐसा नहीं कि केवल इसको देख के मत डिसाइड करो इन सब का भी अपना रोल है कॉपी कर लीजिए आप वेट तो अभी तक तो जो टॉपिक आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो था चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ एंड एक इस पे बेस्ट डिस्कशन किया जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज एट रेस्ट इन द स्पेस अराउंड इट और उस इफेक्ट को आप बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ आज फर्स्ट लेक्चर है यहीं पे इसको फिनिश कर रहे हम लोग किसी को कुछ पूछना है नेक्स्ट क्लास आपका होगा संडे आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट क्लास संडे इवनिंग सेवन टू एट थर्टी क्लास का शेड्यूल जो एक्सपेक्टेड है आपका वो बता दूं अभी संडे को होगा फिर मंडे क्लास नहीं है ट्यूजडे बेसिकली आपका ट्यूजडे ऑल्टरनेट में क्लासेस होने वाला है ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे एंड संडे फोर डेज क्लासेस होंगे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे संडे टाइम 7 टू 8:30. इसके लिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का मैसेज देखते रहेंगे वो आप टेक्स्ट मैसेज हमेशा नहीं जाएगा टेक्स्ट मैसेज कभी अनयूजल सिचुएसन में आपको भेजा जाता है नॉर्मली आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट चैनल पे ही जाके देखना जनरल चैनल में आपको मिलेगा ये सारा इंफॉर्मेशन मीटिंग को ऑन किया जा रहा